जय हिंद ये इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर पाँच है जो लोग एक से चार तक नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख लें या तो यहाँ पर एक आई बटन होगा वहां पर भी क्लिक करके आप हमारे वीडियोस पर पहुंच सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर एक जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते थे आप सने गर्भगृह को भी मंडप को सी शिखर को या फिर डी तोरण को तो आप लोग पेपर पे लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ हल करिए फिर लास्ट में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मंडप प्रश्न नंबर दो चोल राजाओं के शासनकाल में उर् क्या थी उर बताना है उर को और क्या थी ऑप्शन ए सामान्य ग्राम सभा बी राजकीय दरबार सी धार्मिक सभा या फिर डी इनमें से कोई नहीं तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सामान्य ग्राम सभा तो ये प्रैक्टिसड यूपी टी यूपी आर ओ और जूनियर शिक्षक भर्ती और वो सभी एग्जाम जिनमें की इतिहास पहुंची जाती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न नंबर तीन चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था ऑप्शन आर्यभट्ट ने बी ब्रह्मगुप्त ने श्री ब्राह्मीर ने या फिर डी भारवी ने तो प्रश्न नंबर तीन का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर्यभ्ट प्रश्न नंबर चार पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश धर्म के प्रसार का माध्यम बनाया था ऑप्शन ए पाली को बी प्राकृत को सी मराठी को या फिर डी बंगाली को प्रश्न नंबर चार का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्राकृत को प्रश्न नंबर पाँच निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कोर्ट का उपयोग करते हुए उक्त विकल्प का चयन कीजिए आप सन है कनिष्क का राज्याभिषेक बी कलिंग का युद्ध सी चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल और डी है अशोक की मृत्यु तो इसमें बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ फिर उसके बाद फिर उसके बाद तो बताइए आप लोग जल्दी से प्रश्न नंबर पाँच का सही उत्तर क्या होगा तो देखिए इसको कोर्ट मिलाना है तो सबसे पहले हुआ था कलिंग का युद्ध तो एक नंबर पर रहेगा अशोक की मृत्यु दो नंबर पर फिर कनिष्क का राज्यभिषेक तीन नंबर पर और लास्ट में रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल तो इस प्रकार से प्रश्न पांच का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रश्न नंबर नौ नवपाषाण काल में वहां कौन सा स्थान था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं ऑप्शन ए चिरांद बी छोटा सी चुनार या फिर डी झूसी छः का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चिराध प्रश्न नंबर सात राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था ऑप्शन ए राजपूत स्त्रियों से विवाह रचाना बी राजपूत राज्यों को अपने राज्य में मिलाना सी मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को पृथक करना या फिर डी मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना तो बताइए अकबर का क्या उद्देश्य था प्रश्न नंबर सात का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना अकबर का प्रमुख उद्देश्य था प्रश्न नंबर आठ किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी बिल ग्यासुद्दीन तुलक सी मोहम्मद बिन तुलक या फिर डी फिरोज शाह तलक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इस प्रश्न नंबर आठ का जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक प्रश्न नंबर नौ निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के दृष्टि से सजाइए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन करिए तो आप कहा है बाजार कीमतों में सुधार कहा है पृथ्वीराज चौहान की पराजय घ है राजधानी स्थानांतरण और घा है कुतुब मीनार का निर्माण तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था प्रश्न नंबर नौ का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो सबसे पहले हुई थी पृथ्वीराज चौहान की पराजय तो ये रहेगा पहले नंबर पर फिर फिर कुतुबुद्दीन एवक ने निर्माण कराया था कुतुब मीनार का तो ये रहेगा दो नंबर पर फिर बाजार कीमतों में सुधार करवाया था फिर सातिकलग्न ने और अलाउद्दीन खिलजी ने ये होगा तीन नंबर पर जबकि राजधानी स्थानांतरण का, का काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक तो ने तो ये आएगा चार नंबर पर तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रश्न नंबर दस सूची वन को सूची टू से मिलाना है और दिए गए कोट जो नीचे दिए हैं उनका उपयोग करते सही उत्तर का चयन करना है सूची वन में आमिर खुसरो बी इब्न बतूता सी मिन्हा सिराज डी जियाउद्दीन बर्नी तो सूची टू में इनके द्वारा लिखी हुई किताबें दी गई हैं तो आप एक नंबर है तारीख़ भेरोशाही दो है तबक़ात नाशरी तीन है तुगलक नामा और चार है रेहला तो बताना है कि इसमें किसकी रचना कौन है तो प्रश्न नंबर दस का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो प्रश्न नंबर दस का सही उत्तर होगा देखो आमिर खुसरो ने लिखा है तुगलक नामा आमिर खुसरों ने आमिर खुसरों ने तुगलक लिखा है और इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन थौलक के समय आया था इसने रेहला लिखा है इब्न बतूता द्वारा इब्न बतूता द्वारा इब्न बतूता ने रेहला को लिखा है जबकि मिन्हा शराज ने तबकात नासरी लिखी है और जियाउद्दीन बरनी ने तारीख़ फिरोज शाही लिखी है तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 11 तुर्कान चिहगानी कौन थे ऑप्शन ए बलबन के दरबारी कवि बी सुल्तान के अंगरक्षक सी 40 तुर्क अमीरों का समूह या फिर डी में से कोई नहीं प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 40 तुर्क अमीरों का समूह प्रश्न नंबर 12 तुर्क शासक शाहबुद्दीन गोरी तो शासक साहबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था ऑप्शन ए कन्नौज का युद्ध बी तराइम का युद्ध सी पानीपत का युद्ध या फिर डी खानवा का युद्ध तो इसमें बताना है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था तो प्रश्न नंबर बारह का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन बी तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर तेरह कुषाण काल में मूर्ति कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर की बनाई जाती थी ऑप्शन ए संगमरमर की बी स्लेट पत्थर की या फिर बी स्लेट पत्थर की सी ग्रेनाइट की या फिर डी बलुआ पत्थर की प्रश्न नंबर तेरह का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लाल बलुआ पत्थर की प्रश्न प्रश्न प्रश्न नंबर नंबर 14 14 हुए जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवा होते थे क्या थे क्या कहलाते ऑप्शन ए बी सी खान खाना या फिर डी इनमें से कोई नहीं तो तो का का सही सही उत्तर आप लोग जल्दी बताइए तो इस सोलह किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की थी आप सने कबीर बी नानक सी चैतन्य या फिर डी नामदेव तो प्रश्न नंबर सोलह का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया है महात्मा चैतन्य तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर सत्रह वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया था आप सन अल उमरी बी अलबरूनी सी इबन बतूता या फिर डी अब्दुलरजाक तो प्रश्न नंबर सत्रह का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अब्दुल रजाक प्रश्न नंबर 18 सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाए जाने का क्या कारण था आप सुनिए या नगर साम्राज्य के केंद्र में था बी इसकी जलवायु बहुत ही रमड़ी थी सी या धन और से परिपूर्ण पर, था या फिर दक्षिण प्रांत को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वह यहाँ पर दूसरी राजधानी रखना चाहता था तो प्रश्न प्रश्न प्रश्न नंबर नंबर 18 का का सही का सही उत्तर उत्तर जल्दी से से बताइए। इस होगा ऑप्शन डी। दक्षिण प्रांत को अधिक आसानी नियंत्रित करने के लिए वह पर दूसरी राजधानी रखना चाहता था। 19। उद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन भरनी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था ऑप्शन एना का भरण पोषण बी सामान्य की समृद्धि एवं कल्याण सी किसानों की संपन्नता या फिर डी व्यापारियों को दंडित करना तो बताइए प्रश्न नंबर उन्नीस का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन एक विशाल स्थाई सेना का भरण पोषण करना प्रश्न नंबर बीस विजयनगर साम्राज्य में बारह अधिकारियों का वह समूह जो गाँव के कार्यो को देखता था क्या कहलाता था ऑप्शन ए सभा बी सी आयंगार या फिर डी प्रधानी प्रश्न नंबर बीस का सही उत्तर गेस कट लिया होगा आप लोगों ने तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आयंगर प्रश्न नंबर इक्कीस स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है या उद्घोष किसने किया था ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने बी पंडित मोतीलाल नेहरू ने सी लोकमान्य तिलक ने या फिर डी केशव चंद्र ने तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक ने सूची वन दी है प्रश्न नंबर 22 सूची वन है सूची टू है दोनों को आपस में मिलाकर के एक सही कोट का चयन करना है तो एक तरफ दी है गवर्नर जनरल अंग्रेज एक तरफ अंग्रेज गवर्नर जनरल हैं जबकि दूसरी तरफ उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो दिए गए हैं लॉर्ड डलहौजी का संबंध उत्तराधिकार अपराहण सिद्धांत से है लॉर्ड रिपन का संबंध स्थानीय स्वायत्त शासन से है जबकि लॉर्ड कर्जन का संबंध बंगाल की संसद से है और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का संबंध जो है वो सती प्रथा उन्मूलन से है तो इस प्रकार से जो इसका कूट बनेगा वन का फोर से टू का वन से थ्री का टू से और फोर का थ्री से तो फोर वन टू थ्री बनेगा इसका कूट तो देखिए किसमें से फोर वन टू थ्री तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर बाईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रश्न नंबर तेईस मोहम्मन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी ऑप्शन ए सौ में बी अट्ठारह में सी अट्ठारह में या फिर डी अट्ठारह में तो प्रश्न नंबर तेईस का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अट्ठारह में प्रश्न नंबर चौबीस डी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी कहाँ पर ऑप्शन ए दिल्ली में बी पुना में सी अमृतसर में या फिर डी लाहौर में प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लाहौर में प्रश्न नंबर 25 बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था ऑप्शन ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बी लॉर्ड क्लायू सी लॉर्ड बार्लो या फिर डी लॉर्ड कार्नवालिस तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग प्रश्न नंबर 26 दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा ऑप्शन ए मेदिनी राय के मेदिनी राय एक राजपूत बी नीलकंठ नागर एक गुजराती ब्राह्मण या, या फिर सी नवल राय एक कायस्थ या फिर डी आत्माराम एक पंजाबी खत्री तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर जल्दी से बताइए आप क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नीलकंठ नागर एक गुजराती ब्राह्मण प्रश्न नंबर सत्ताइस मजमा उल बहराइन पुस्तक के लेखक का क्या नाम है ऑप्शन बी बदायूनी यदि आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन सी तो ये बिल्कुल गलत है तो इस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दारा सिखो प्रश्न नंबर अट्ठाईस पल्लवों के शासन काल में शिक्षा का, का प्रमुख केंद्र क्या था ऑप्शन ने कांची बी मदुरई श्री महाबलीपुरम या फिर डी त्रिशुनापल्ली प्रश्न नंबर अट्ठाईस का सही उत्तर जल्दी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कांची सूची प्रश्न नंबर उन्तीस इसमें भी दो सूची दी हैं एक सूची से दूसरी सूची को मिलाकर के सही उत्तर का चयन करना है तो सूरसेन एक तरफ दिए हैं जनपद एक तरफ जनपद दिए हैं दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी है तो इसमें मैच करना है कि किसकी राजधानी क्या थी तो सूर से इनकी तो मथुरा थी गांधार की तथ्यशिला थी कौशल की अयोध्या थी जबकि वैशाली वज्र संघ थी तो इस प्रकार इसका कोड बनेगा ए का टू से बी का वन से सी का थ्री से और डी का फोर से इस प्रकार से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर तीस रामायण के रचनाकार कौन है ऑप्शन है वेद व्यास वी वाल्मीकि सी कालीदास या फिर डी तुलसीदास तो प्रश्न नंबर तीस का सही उत्तर जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाल्मीकि नंबर 31 सीमांत गांधी जिसे खान अब्दुल गफ्फार खान भी कहते हैं ने पठानों की एक पार्टी बनाई थी उस पार्टी का क्या नाम था आपने पठान दल बी खुदाई खिदमतगार सी खासरा पार्टी या फिर डी मुस्लिम लीग